रेत उत्खनन और परिवहन का बड़ा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस विभाग और खनिज विभाग के संरक्षण में रेत माफिया नदियों और आसपास के इलाकों से रेत निकालकर उसका अवैध कारोबार कर रहे हैं और पुलिस भी इन माफियाओं पर पूरा सहयोग करती नजर आ रही है डिंडोरी में अवैध रेत का कारोबार खनिज विभाग और पुलिस के संरक्षण में फल रहा है जिले में सिर्फ चार रेत खदानों को स्वीकृति मिली है लेकिन ये रेत माफिया नर्मदा सहित अन्य नदियों से बड़ी मात्रा में रेत निकालकर उनका अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं ठेकेदार संचालक राजू खान ने बताया कि हमने जिले भर का रेत ठेका लिया है जिसकी रॉयल्टी हम चुका रहे हैं लेकिन नदियों और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की सहायता से रेत निकालकर अवैध कारोबार किया जा रहा है जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है साथ ही हमको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस बारे में हमने कलेक्टर से भी आवेदन देकर शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है अब इससे साफ़ ज़ाहिर होता है है है। कि शासन प्रशासन रेत का अवैध कारोबार रोकने में नाकाम है और उल्टा वो माफियाओं को का ही साथ दे रहा संपूर्ण जिला डंडोरी शर्मा एसोसिएट के नाम से टेंडर हुआ है जनवरी इकतीस से हमारा काम चालू हो गया है उसके बाद से मैंने शासन प्रशासन को कई बार लिखकर दिया कि नर्मदा बेल्ट जहां पर गाड़ा करंजिया थाना क्षेत्रों में लगातार द्वारा चोरी चोरी हो है इस पर चोरी पर लगाम सरई कर ट्रैक्टर लड़के उन ट्रैक्टरों को छोड़ने जाते हैं पुलिस के जवान आते हैं और उन ट्रैक्टरों को छुड़वा लेकर जाते हैं इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं मैंने आपको वीडियो उपलब्ध कराएगा